नमस्कार साथियों मैं आप सभी दर्शकों दर्शकों का का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं गुरुवार दिनांक के दैनिक इस कार्यक्रम में दर्शकों, आज का पंचांग क्या कहता है आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि दोपहर एक बजकर उन्नीस मिनट तक की रहेगी इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी दसवीं तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि दसवीं तिथि को कलंबी का सेवन नहीं करना चाहिए कलंबी प्रकार का फल होता है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए साथ ही साथ एकादशी तिथि क्योंकि दोपहर में लगे कि एक बजकर 19 मिनट के बाद तो रात्रि में प्रयास करिएगा कि आप लोग चावल का सेवन मत लीजिए इधर दो दिन जो है आप चावल ना खाएं। तो बहुत ही अच्छा क्षत्र तो की बात करें तो आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा वही आज के करण की बात करें तो गर्भ वरित और वृष्टिकरण रहेगा वही आयुष्मान और सौभाग्य योग रहेगा शुभ समय पर आते हैं कि आज शुभ समय क्या रहेगा तो दोपहर ग्यारह बजकर चौवन मिनट से बारह बजकर इकतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये अभिजीत मुहूर्त का रहेगा शुभ समय रहेगा अशुभ समय की बात करते हैं राहु काल तो दोपहर एक बजकर चौवालीस मिनट से लेकर तीन बजकर ग्यारह मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहु काल का रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये मिथुन राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य देव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे साथ ही साथ गुरुवार दिन रहेगा तो दक्षिण दिशा की ओर का दिशाशूल होता है दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ तो केसर का सेवन कर लीजिएगा केसर का तिलक मंत्र की बा पर लगा करके पहले आज आप लोग उत्तर दिशा की ओर चार पक चलिएगा उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करिएगा तो दर्शक ये तो था देखिए हमारा पंचांग अब बढ़ते हैं अपने राशिफल राशिफल पर और में हमारी पहली राशि राशि। राशि आती आती है, ये आती है ये मेष मेष तो के को आज आपको अनावश्यक क्रोध से बचने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज का दिन थोड़ा सा आर्थिक तनाव लेकर के आया है परंतु क्रोध से वह समाप्त नहीं होगा बल्कि उसका समाधान निकालना और अधिक कठिन हो जाएगा देखिए आज के दिन मेष राशि के जातको लंबी यात्राओं के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं और आज आपको उस यात्राओं में दोनों तरीके के अनुभव होंगे खट्टे मीठे दोनों तरीके के अनुभव होंगे संतान की ओर से कुछ आज आपको स्वाभाविक से चिंता हो सकती है आर्थिक मामलों में समय लगातार प्रतिकूल बना हुआ है अतः अत्यधिक सावधानी बरते जो है तो बेहतर रहेगा साथ ही साथ किसी के बहकावे में आकर कुछ बड़े फैसले आज, आज आप लोग ले सकते हैं जिसका परिणाम आगे की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रातः काल जब सुबह जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए लक्ष्मी कर मधे सरस्वती कर मुले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात हमारी जो अगली राशि आती है दर्शकों ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जात को गुरुवार का दिन क्या कुछ शुभता आपके जीवन में लेकर के आया है इस पर चलिए प्रकाश डाल लेते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए और एक बात और ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है तो वृषभ राशि के के जातकों आज आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट से लाभ मिलेगा जो आपके दिल के बहुत करीब है जी हां की काफी कुछ अनुकूल रहने वाली है आज वित्तीय स्थिति में भी आपके सुधार होगा और जो आपने लोन लिए हैं इनको भी आप लोग चुकाते हुए नजर आएंगे साथ ही साथ उच्च अध्ययन के प्रयासरत छात्र इनको वांछित परिणाम प्राप्त होगा और उच्च शिक्षा के लिए ये लोग बाहर भी जा सकते हैं साथ साथ ही साथ आज आप लोगों के प्रयास से आपको कड़ी कुछ होता है तो उसमें आपको जो है अच्छे धन लाभ होने की उम्मीद है आज यात्राएं आपकी सफल होगी पारिवारिक जीवन शुभ रहेगा और आज आप अपने जीवन साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृषभ प्रयास करना चाहिए मेहरून और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन बर्तम अपनी अगली राशि पर हमारी अगली राशि आती है ये आती है जैमिनी अर्थात मिथुन राशि मिथुन राशि के जातको आज का यह दिन उपलब्धियों भरा यह दिन रहेगा आप लोग अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे रुके हुए कामों में भी आज आप लोग लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे आप कला और साहित्य की ओर आज आकर्षित होंगे और जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने काम के लिए सराहना मिलेगी आज यात्राओं का योग है यात्राएं संभव है जो आपके लिए लाभकारी रहेंगी और आय के नए नए रिफ्रेंस नए नए सोर्सेस भी खोलेंगे परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर आज आप लोग घूमने फिरने जा सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा यात्राओं पर अपने सामान की सुरक्षा करिएगा करना क्या उपाय क्या करना है तो दुर्गा सप्तती के चतुर्थ अध्याय का आज आपको पाठ करना रहेगा शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक छह राशि राशि हमारी कर्क कर्क के के जातकों आज दिन आप अपनी में कोई नया प्रयोग कर सकते हैं आपके कार्यों को प्रशंसा मिलेगी साथ ही आज आपके काम भी सफल होंगे आज आपको थोड़ी सी सावधानी यहाँ बरतने की सितारे सलाह दे रहे आज अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं आज आप जो है आज आप धर्म या समाज से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि आपको हेल्पफुल यात्राओं से बचने का प्रयास करिएगा और घर परिवार का ध्यान रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपको स्त्री वर्ग से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई मुकदमा यदि है तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो ओम नमो नारायणाए ना इस मंत्र का एक आठ बार ज्ञाप करिए और घर से जब आप निकलिएगा तो थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा करके निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा अंक दो अगली राशि आती है हमारी आती सिंह राशि लियो तो सिंह राशि के जातको गलत और लगातार असहमति आपके पारिवारिक माहौल को निराशाजनक बना सकती है साथ ही साथ यह स्थिति आपको तनावग्रस्त भी कर सकती है तो आज कार्य स्थल पर भी सहकर्मियों और अधिनों से टकराव होने की संभावना है ऐसा सितारे कह रहे घरेलू मोर्चे से निपटने के लिए अपने मन को शांत रखिएगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है शांत रहना दार्शनिक दृष्टिकोण अपना करके वास्तविक दुनिया को उसके वास्तविक परिपेक्ष में आज आप लोग देखने का प्रयास करें तो ठीक रहेगा वित्तीय व्यवहार और निवेश के साथ अधिक सतर्क और सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज आपकी कुछ इनकम घट सकती है आपने जो उम्मीद की होगी अपने बिजनेस को ले करके जो सपने देखे होंगे आज वो पूरे नहीं होंगे धन हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है और आज किसी की गारंटी मत लीजिएगा उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो आज आप लोग देखिए विष्णु सहस नाम का पाठ करिए पहली चीज दूसरा आज आपको करना ये रहेगा की गाय को हो सके तो एक दर्जन केला आप लोग जरूर खिलाई शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों आज के दिन छात्रों को सामान्य से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आज अपनी तैयारी करके जाइएगा अन्यथाज कन्फ्यूजन की स्थिति रह सकती है आज आपको अध्ययन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अधिक ध्यान देने के सितारे सलाह दे रहे हैं यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन कई सारे अवसर लेकर के आया है महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आज आपको परेशानी में डाल सकता है आज परिवार की की किसी महिला सदस्य आपकी आर्थिक समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाने में आपकी सहायता कर सकती हैं। साथ ही साथ देखिए आज के दिन जो है जीवन साथी के साथ आप लोग सौहार्द पूर्व वातावरण में रहिएगा किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग जो है आप लोगों को प्रयास करना है कि पीपल के वृक्ष पर आज आपको जाना है और जल में थोड़ी सी हल्दी और केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आपको जलार्पण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ हमारी अगली राशि आती है ये आती है तुला राशि देखिए तुला राशि के जातको आज के दिन आपको सोच समझ करके कोई फैसला लेने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं आज जो यात्राएं आप करेंगे आपके लिए आनंददायक रहेंगी सुखद रहेंगी और परिणामदायक रहेंगी यात्राओं से धनला बोता हुआ दिखाई दे रहा है पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के सितारे संकेत कर रहे हैं व्यापार में निवेश के लिए या नए कार्यों को प्रारंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आर्थिक सफलता के बेहतर योग बनते हुए दिख रहे हैं धर्म के प्रति कुछ अरुचि आज उत्पन्न हो सकती है और भौतिकता भौतिकता की ओर आज आप लोगों का रुझान बढ़ेगा जिस कारण आज आपको मानसिक थकान का सामना करना पड़ सकता है उपाय के पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग तुलसी दल का सेवन करिए और साथ ही साथ नीला आपके लिए रहेगा, दो अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जात को जो लोग शोध से संबंधित कार्य करते हैं अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं इनको आज अपने शुभ भविष्य हेतु योजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए प्रेम संबंधों से जुड़े जातक अपने साथी की भावनाओं को पूर्ण रूप से महसूस कर पाएंगे नौकरी चाहने वाले को सफल होने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। देखिए आज कोई पुराना रिश्तेदार आपसे मिल सकता है और आपसे भेंट कर सकता है साथ ही साथ पुराने रिश्तेदारों के माध्यम से आज आपके कुछ काम जरूर करेंगे देखिये वृश्चिक राशि के जातक है और यदि आप गद्य है बुजुर्ग है तो आज जो पेन से रिलेटेड समस्या आपके सामने आ सकती है, है। साथ साथ ही साथ बढ़ता हुआ वजन आपकी चिंता का कारण हो सकता है। प्रेमी जोड़े आज मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं आज आपको विदेश यात्राओं के अचानक से मौके मिल सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग नारायण कवच का पाठ करिए साथ ही साथ आज के दिन आप लोग प्रयास करिएगा को बेसन से बने हुई कुछ मिष्ठान आप लोग खिलाई जैसे कि बेसन के लड्डू हो गए इसको आप लोग खिला सकते हैं है। है लोकप्रियता हासिल करने का दिन है व्यापार से आज आपकी कमाई बढ़ेगी साथ ही साथ आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा आपके जो नीचे के कर्मचारी है इनका आज आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा आज आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा प्रेमियों के लिए आज समय शुभ है स्वास्थ्य के संबंध में आज कुछ आपको जो है मतलब मौसमी बुखार इत्यादि हो सकती है नई ऊर्जा के साथ आज, आज आप अपने काम को अंजाम दीजिएगा लेकिन हर काम में सावधानी रखना आपके लिए जरूरी है बड़े बुजुर्गो की सेवा करने का आज आपको मौका मिल सकता है अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहने के सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग जो है गुरु कवच का पाठ करिए साथ साथ ही साथ आज के दिन ये हो सके तो बंदरों को केला जरूर शुभ कलर आपके आपके लिए लिए रहेगा लिए रहेगा पीला करिएगा हमारी अगली राशि आती है ये आती है देखिए मकर राशि मकर राशि के जातकों आज का जो दिन रहेगा आपको भाग्य के साथ शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे आज प्रभावकाली लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे आज आप एक नई साझेदारी में प्रवेश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं अगर आज आप काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप जो प्रयास करेंगे उसमें सार्थक रहेंगे साथ ही साथ वित्तीय मामले आज आसानी से सुलझेंगे आज के दिन प्रतिद्वंदियों की गतिविधि आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने से मन में शांति रहेगी और एक दूसरे के बीच स्किल बने है जो है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए संध्या के समय पीपल के वृक्ष के पीपल के वृक्ष पे जा करके एक आपको देसी घी का दीपक जलाना रहेगा शुभ कलर रहेगा यह आपके लिए रहेगा आज ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहे यह रहेगा अंक अगली राशि आती है या कुंभ राशि कुंभ राशि के जातको आज का दिन कुछ लोगों के लिए तो अच्छे संपर्क विकसित करेगा तथा आर्थिक तौर पर लाभ पहुंचाएगा वहीं कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है साथ ही साथ व्यापार साझेदारी या सहयोग में उतरने के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा व्यापार के सिलसिले में दूर की यात्राएं करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा माता पिता का स्वास्थ्य आज आपको चिंता में डाल सकता है छोटे भाई बहनों को जीवन में आज बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही साथ आज वाहन सावधानी के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज के दिन कोशिश कीजिएगा सवा किलो चने की दाल लेकर के जाइएगा किसी बुजुर्ग को दे दीजिएगा या मंदिर में जाकर के किसी पुजारी को दे सकते हैं और यदि आज आपका हुआ है तो यज्ञो आप लोग धारण जरूर करिए जने बहुत बड़ी चीज है तो यज्ञो धारण करिएगा केसर का तिलक मस्तक जिम्भा नामी पर लगाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक नौ अंतिम राशि पर चलते और आती है दे रहे हैं और नौकरी में बढ़ने के अवसर आज उन जातकों के लिए होंगे जो अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार में कुशल रहेंगे महत्वपूर्ण लोगों को आज नाराज न ना करें अपने जिम्मेदारी को पूरा करने की आज आप लोगों को कोशिश कोशिश करनी करनी रहेगी हो होगी। विदेशी संचार आज आपको एक से अधिक तरीकों से से लाभान्वित कर सकता है, दूरदराज फोन आ सकता है आज आपका पेमेंट आपको वापस मिल सकता है धार्मिक मामले को तो स्थिर करने में आपके लिए मददगार साबित होंगे साथ ही साथ आज यात्राओं को आप लोग कोशिश कीजिएगा एवॉड करिए अगर हो रही है लेकिन करते हैं तो ठीक साथ चाहे, चाहे, चाहे प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको कोई खुशखबरी मिल सकती है कोई इत्यादि मिल सकता है संतान को लेकर कुछ आज आप लोग चिंतित तो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर आज आप लोगों को करना क्या कर रहेगा तो देखिए आज के दिन आप लोग कोशिश कीजिएगा विष्णु का पाठ करिए साथ ही साथ धर्म स्थान पर जाकर के वहां की आपको सफाई करनी रहेगी रहे रहे एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा यह राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए उम्मीद करते हमारा यह राशिफल आपको पसंद आया नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक कीजिए दीजिए इजाजत मिलकर अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार